अरे यार मेरे एक बात समझ में बोल आपने दिवाली दिवाली दिवाली ने दिवाली ने अरे यार मतलब लक्ष्मी माता घरे प्रवेश करे जदि एकदम घर लागन चाहिए एकदम घर को सारो बारे अच्छा जदि में सोचूंगा तू आज बारे बारह फिरे <laughs> <laughs> ब्याह ब्याह करा दियो मैं थारे पांच लेटर दियूं। hey, अगर मैं साप -साप तनिया मैं दूध हे अगर साफ साफ को कोनी तो तू मेरे जे ब्याह नहीं तो आ थारे पूरी की पूरी बहसी चढ़ा दू के करूं मेरे को गोबर गेरी जानी <laughs> कमला मतलब की? तो मतलब की बात होगी आज मतलब तू नाड़ी ये ने साफ सफाई करी चुको यार गोदना मंडल वो आगा आगे यार अब यार दमकी दे कह बा नानक बात थरी अरे तो यार लुगाई ने तो मतलब ये मतलब नन्ही सी बात तू और तो तू जा ले बैठी ले ताती आते। तो राम राम सारा दीपावली की कमा तुम भी सारे भाइयों राम कर ले दीपावली की तो भाईयो ई द्वाली दिन में एक नई चक्का चक्का छड़ी ले हूँ तो लाइक करियो फॉलो करियो और शेयर करियो सब तो।